देखा? अपना बेटे बेटा ने खिलाऊंगा शाबाश, शाबाश। कुछा नहीं ध्यान गेरा इधर आ जाओ इधर आ, तो आ, आ।, आ, आ।, आ जाओ अच्छी गाल खेलो जोर लगाओ एक दूसरा